तो वेलकम बैक टू तो दी वीडियो तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है जैसा कि आप लोगों को पता है कि एपिक्स लेजेंड मोबाइल थर्ड बीटर लॉन्च हो चुका है इसीलिए हम लोग खेलने वाले हैं इस टाइम एपिक्स लेजेंड मोबाइल का एक ट्रेनिंग ग्राउंड जो कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ज्यादा एपिक लग रहा है और भाई क्या ही ग्राफिक्स के साथ लॉन्च हुआ है और मैं अगर इसके अंदर जाऊं तो बहुत सारे आदमी पीपल बोल रहे थे इसके अंदर ढुक नहीं पा रहे हैं लेकिन मैं इतना अंदर चलेगा लेकिन कुछ होता नहीं है ये अंदर में सिर्फ ऐसे ही बनाया हुआ है इधर से अगर जब आप निकलोगे तब आपको पता चलेगा बहुत ज़्यादा एपिक ग्राफिक्स है और मैं बोलूँगा एपिक्स लेजेंड को भाई ख़तरनाक बनाए गए लोग और पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड का टीचूरियल वीडियो होने वाला ही है तो पूरा आप लोग देखते रहना और भाई इधर ट्रेनिंग ग्राउंड में अगर मैं आ जाता हूँ तो तीन जगह आप लोगों को मिल जाएंगे ए, लगे हुए आप लोग थ्री प्लेस में जाकर ए, ट्रेनिंग कर सकते हो अगर जैसे आपका टीममेट भी आ सकता है ट्रेनिंग में बहुत सारे आदमी रहेंगे जिसकी वजह से इतिए लेकिन पबजी में सिर्फ एक ही जगह था जहाँ से आप गन उठा सकते हो लेकिन इसमें तीन जगह है सेम सेम जगह है से आप गन उठा सकते हो कोई गन अलग नहीं रहेगा अलग अलग जगह पर सब सेम गए और भाई गन जो भाई खतरनाक खतरनाक गन है भाई मेरे को बैटल में वैसे गन नहीं मिले लेकिन जो ट्रेनिंग ग्राउंड में मेरे को मिला है तो मैं आपको आधे से ज़्यादा गन अभी चला के दिखाने वाला हूँ तो कैसे कैसे गन हो सकते हैं क्या, क्या क्या टाइप के और भाई ये ट्रेनिंग ग्राउंड में आकर आपको इतना तो पता लग जाएगा कि क्या क्या इक्विपमेंट आपको उठाने चाहिए क्या क्या गन लेकर और कैसा कैसा गन कौन सा गन अच्छा रहता है तो डेफिनेटली आप लोग ट्राई कीजिएगा ट्रेनिंग ग्राउंड एपिक्सलरजिन मोबाइल जो खेल रहा है भाई विपिन लगा के खेलना पड़ेगा तो इधर मैं एपिक्सलरजिन मोबाइल का डाउनलोड लिंक तो दे नहीं रहा हूँ लेकिन आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर लीजिएगा भाई आप लोग लेजेंड आदमी भाई तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं तो ये गन आप लोग देख सकते ये गन खतरनाक गन है जो मेरे को पर्सनली पसंद आया है जो गन का ले है ना बहुत ज़्यादा एपिक और जैसे एमो लोड चीज़ ना वो सब बहुत ज़्यादा एपिक है और अगर आप लोग बैटल खेलते हो तो बैटल में जो एमोरी लोड जो एक कैरेक्टर बोलता है ना वो बहुत ज़्यादा एपिक लगा लगा मेरे को और एपिक लगे चिंड मोबाइल तो बहुत मस्त भाई खतरना और जो गन है वो मैं आपको बता देना चाहता तो हूँ एक ऑटो गन है एक, एक शॉर्ट गन है और पिस्तल है पिस्तल ज़्यादा से पिस्तल ऑटो फायर में रहते हैं इधर कोई कोई पिस्तल आउट फायर में नहीं रहते हैं ज़्यादा ज़्यादा पिस्तल आउट फायर में रहते है और शॉटगन है और स्नाइपर्स है तो स्नाइपर से उसमें एट एक्स लास्ट है सिक्सटीन एक्स नहीं है इसमें जैसे कि तो दिन पहले आया था सिक्सटीन एक्स मेरे हिसाब से तो सिक्सटीन एक्स तो इसमें नहीं है लेकिन चलेगा भाई तो अगर आप लोग नोटिस करोगे तो भाई गन का जो लोड टाइम है जैसे आप लोग अगर स्कोप खोलते हैं तो इधर गन का एमओ दिखाता है कि गन का कितना है तो वो बहुत ज़्यादा एपिक लगा कोई गन का भाई इस्कोपी में अटैच रहता है ऐस मीन से स्कोप में में अटैच रहता है ऐमो आप उसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरे गन में कितना एमओ है और नीचे भी दिखाते हैं और इधर मैं जायर ऑन करके खेल रहा था तो आप लोग को अंदाजा हो सकता है कि जयरोस्कोप जो है वो अच्छा वर्क कर रहा है तो इधर अलर्ट बटन भी है और एबिलिटीज है ही और इधर आप लोग देख सकते हो भाई बहुत मैंने गन चलाई बहुत ज़्यादा ये गन तो पर्सनली मेरे को बहुत पसंद आया बहुत ही एपिक गन है और स्नाइपर भी ली थी स्नाइपर मेरे को इतना पसंद नहीं है क्योंकि स्नाइपर का जो साउंड है वो सही नहीं है और इधर आप लोग देख सकते हो भाई क्लिच हो गया था इधर ये थोड़े बहुत क्लिच स्कोप में आ रहे हैं फिलहाल तो ये थर्ड बीटा है जब लॉन्च होगा तो सब चले जाएंगे तो इधर देखो थर्ड बहुत फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तो इधर आप लोग ट्रेनिंग कर सकते हो बहुत अच्छी तरह तरीके से और इधर जिसका यू एच अल्ट्रा एच डी ग्राफिक सपोर्ट है तो इधर आप लोग ऑन कर करके देख सकते हो थोड़ा देर के लिए ऑन करना ज़्यादा नहीं ऑन करना नहीं तो भाई मोबाइल का हालत ख़राब हो सकता है क्योंकि तो मैंने एक बार ऑन किया था तो मेरा मोबाइल में शायद बहुत हीट होने लगा था बहुत ज़्यादा हीट होने लगा था मोबाइल तो यही है सीन भाई तो मैं बैलेंस में खेलता हूँ अभी तो कुछ कुछ गन देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छा है और मैंने ये इक्विपमेंट जो है वो इक्विप सब कर ली है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ट्रेनिंग ग्राउंड का एक्सपीरियंस जैसा कि आप लोग लेकिन एक गड़बड़ है ट्रेनिंग ग्राउंड में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ से फायर कर रहे हो उससे आगे नहीं जा सकते आप लोग ये जहाँ से मैं फायर कर रहा हूँ उससे आगे जा नहीं सकते और इधर मैं देखो भाई पिस्तल ले रहा हूँ तो जो पिस्तल है भाई ख़तरनाक ही देख रहे हो भाई लिया हो और ये क्या मेरे को लग रहा था ये ग्लीच भी और लग भी नहीं भी लग रहा था ग्लीच है ये मेरे हिसाब से हो गया था मेरा पिस्तल का तो आप लोग देख सकते हो ये जो है तो भाई जम्मु का जो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब वीडियो और भाई गेम देख लो भाई एक बार बहुत अच्छा गेम मेरे को लगा है। एक बार और मैं बोल देना चाहता तो हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा गेम लगा है और लाइक एंड सब्सक्राइब दी वीडियो पा पाए